क्योंकि क्या है ना कि हमारे चेतन मन में ना छियासी से ज्यादा २४ घंटे में ८६,००० सब conscious mind अगर सब को लेने करने बैठ जाएगा ना तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी तो वो ये देखता है कि जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है वो इन छियासी हजार में किस थॉट को रेपटेशन में डाल रहा है किसको बार बार कर रहा है उसको बहुत गहराई से महसूस कर रहा है उसको विजुअलाइज कर रहा उसके साथ उसकी फीलिंग मतलब जब आप अपने किसी सपने के बारे में सोच रहे हो ना तो जब रोए खड़े हो जाते हैं घूसबंप आ जाता है जब आंखों में आंसू आ जाए भुजाएं फिड़कने लगे वो बेसिकली वो उसको इंतजार करता है वो जो भी इमोशन है वो उसको हकीकत में बदल